थोड़ा ज्यादा होने वाला है मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सा नो हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है बंद करो हाथ जोड़ के मैं मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ <laughs>